सभी हैं हेलो दोस्तों आपको थंबनेल लेन का ही पता चल गया कि मेरा फर्स्ट तो दोस्तों मैं दो ज़िले के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ और मेरे एजुकेशन की बात करें तो मैं बारहवीं में पढ़ रहा हूँ और दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी कैरेक्टर को सक्सेस होने के लिए किसी का सपोर्ट होने की जरूरत तो है और इसके लिए मुझे आपको जरूरत है दोस्त मुझे सपोर्ट करने की कर, कृपा कर करें मैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब